एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूँ कितना करूँगी तूेंगल चाहूँगी सना इतना दाम न कभी झूठे थोड़े ना कभी टूटे जो रिश्ता जुड़े एक बार जन्म तेरे मेरे सा मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार प्या जन्म मेरे साहिया मर भी